तो तो तो कौन कौन कौन बे बे बोल बोल बोल कौन बे? है है इधर तेरी छोटी आ, अरे तो मैं बड़ा अच्छा जो काली सी रास्तों काट गई जो दे मैं बड़ा बठी रोक्यो बिजली हसके बोली बोल कमला तू तो बेहड इफसर को नोड़ तेरों के हो अरे तू यहाँ बता आ इतनी हाँ बिहार आई तू बिहार आ, आ इतनी तू तो <laughs> भाई जी कन्या को बुलाई फेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है <laughs> <खी बड़ी। laughs> <laughs> तो बैठो दो दिन बाद मेरा जन्मदिन है तो प्लीज दुल्हन गिफ्ट करे <laughs> अरे अब तो तो बिल बो होता अरे बिल होता है। है है। यार मैं रात डरे? हाँ। हाँ। शेर मार तो मार ले और मार ले। और पर जो हाँ। खड़े हो गए बोगा बार आज जा, आज जा, आज आज बोगा आ मैं तू गाने बात करे मैं गा के के नाच दे फिर में जांगा नहीं पक्का बात का पक्का और बोल लटना जाई? तो, लटना? आ, तो वही बात है आज, आज रात नहीं नहीं आज रात नहीं वही बात एक बार आज आजा आज नो नो नो नो, अरे मन ऐसी बात क्या हो क्या मैं जाम्य नी जगरगा मिठाई बंटी क्यों 600 सौ सात सौ रुपया नाच करियो इनू तीन महीने रिचार्ज कराओ बार